सो हेलो एवरीबॉडी कैसे आप सब सबाई हो अच्छे होंगे मैं कि पिसंत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं गाइस और अभी हूं यमुना रिवर पर देख सकते हैं और यहां से स्टार्ट जैसे ही अपने रिवर को क्रॉस करेंगे वैसे ही इसराई काले खान स्टार्ट हो जाता है गाइस और आपको बता दूं देख सकते हैं कि ये मोदी सरकार के राज्य में बनाता है और आपको बता दूँ ये सोलह लाइन का एक्सप्रेस बनाया गया है देख सकते हैं अभी चार लाइन इस लाइन में और आपको बता दूं कि ये वाली लाइन है ये जाती है सरायकाले खां के लिए और राइट वाली जो लाइन है वो चली जाती है परक्ती मैदान और ये राजघाट के लिए गायित देख सकते हैं इसमें पर तस्वीरें इस, इस बोर्ड पर पढ़ लीजिए आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का देखिए ये सरायकाले खां की साइड से ये वाहन आ रहे हैं ऊपर फ्लाई पर और ये जा रहे हैं गाज़ियाबाद मेरठ की साइड में मुरादाबाद की साइड में गायित तो आज हम चलेंगे देखिए इधर काले खां होते हुए आश्रम होते हुए आज आप लोगों को आश्रम का अपडेट देने वाले हैं वहां पर फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है वहां पर कितना कुछ काम हो चुका है तो आज आप लोगों को उसी का अपडेट देने वाले हैं तो चे के, -के संत के चैनल पर आप बने रहिए देखने के लिए गाइड्स और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए के संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन भेजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉग सुना आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं इस और आपको बता दूँ बेस्ट ऑफ मंडर पार्क के पार्क अब वो ख़त्म कर दिया गया है थोड़ा सा ही बचा है जब उसका इनोग्रेशन हुआ था तब मैंने उसका ब्लॉग बनाया था और वो ब्लॉग के पी के चैनल पर पड़ा हुआ है और आप लोगों ने नहीं देखा है, तो आई बटन में लिंक दे दूँगा आप लोग जा देख लेना और वहाँ पर अब आर आर बनाया जा रहा है जो कि हमारे सरायकाले खां से स्टार्ट होगी और ये मेरठ के बैगम पे जाकर ख़त्म हो जाएगी गाइड्स और आपको बता दूं बयासी किलोमीटर का ये रूट बनाया जा रहा है और रैपिड रेल इस पर दौड़ेगी जो हमारे भारत की इंडिया लेस मतलब कि टोटल इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो बनाई गई है वो इंडिया में ही बनाई गई है मेड इन इंडिया ये रैपिड रेल होने वाली है और 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये दौड़ेगी गाइड्स और आपको बता दूँ कि मेरठ से सरायकाले खां बस आध घंटा से एक घंटे के बीच में यहाँ आ सकते हैं क्यों पैंतालीस मिनट में आप लोग काले कहां पहुंचेंगे और आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर लुड़की और आपका ये जितने भी हरिद्वार वगैरह उनके लिए बहुत आसानी होने वाली है मेरठ के लोगों के लिए बहुत आसानी होने वाली है और आरआरटीएस बनाई जा रही है गाई से रैपिड रेल ट्रांजिजन सिस्टम बहुत तेज़ी के साथ में इस पर वर्क चल रहा है और अभी ट्रायल चल रहा है इसका दोहाई डिपो के अंदर में उसका भी, भी मैं ब्लॉग दिखाने वाला हूं आप लोगों को जल्दी देखने के लिए मिलेगा और आपको बता दूं अगले महीने से आप लोगों के बीच में डेली रेगुलर अपडेट देखने के लिए मिलेंगे के के चैनल पर तो देख सकते हैं ये सरायकाले खां निकल चुके हैं और हम आगे की साइड में बढ़ रहे हैं गाइस तो देखिए ये पाइलिंग मशीन लगी हुई है वो सामने और इस पर आर का ही काम चल रहा है अभी गैस में यहाँ पर पिलर अभी बनाए जा रहे हैं क्योंकि अभी ग्राउंड फ्लोर का ही काम चल रहा है गाइस क्योंकि अभी फर्स्ट फ्लोर बना नहीं है फर्स्ट फ्लोर बनाने की तैयारी चल रही है तो इस पे थर्ड फ्लोर बनाया जाएगा तीन फ्लोर होंगे तीसरे फ्लोर पे गाइस आपको बता दूं का आरआरटीएस चलेगी रैपिड रेल ट्रांजिस्ट सिस्टम चलेगी गाइस और बहुत ही अद्भुत तो इसका इस्टेसन होने वाला मेरे प्यारे दोस्तों और आपको बता दूँ ये आ जाता है बारापुल्ला जो कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये एम्स पे जाके ख़त्म होता है और आपको बता दूँ ये पूरा रूट है ये मयूर बिहार जाके ख़त्म होगा क्योंकि बीच में इसका लैंड एकवायर नहीं हो पाया जमीन किसानों ने नहीं दी है तो उस वजह से इस पर यमुना रिवर पर अभी यमुना रिवर पर इसका ब्रिज बनाया जा रहा है और आर के दो पिलर ये हैं गाई देख सकते हैं इन पर ब्लैक टॉप होना बाकी है और ये आ जाता है चंद्र घंटा ये वाला देख सकते हैं ये फुट ओवर ब्रिज है ये चंद्र घंटा है और इसके अंदर से जा रही है आरआरटीएस और अशोक नगर होते हुए आनंद बिहार होते हुए ये वैशाली निकलते हुए साहिबाबाद गाजियाबाद और दुहाई और ये आपके इस तरीके से होती हुई जा रही है तो आप लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लेना के पी संत के चैनल पर बहुत सारे ब्लॉग मिलेंगे आर, आर से रिलेटेड आप लोगों को गाइस बहुत सारे मैंने ब्लॉग बनाए हैं तो आप लोग जाके देखना देख सकते हैं ये चला जाता है यहाँ से डीएनडी एन डी यानी कि नोएडा की, की साइड में और ये आ जाता है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गाइस आश्रम का फ्लाईओवर तो यहाँ से कितना कुछ काम हो चुका है वो आप लोग अपनी आंखों से देखना देखो और यहाँ पर आए दिन स्लो डाउन लगा रहता है भाई साहब अगर आधे घंटे के लिए अगर अभी आधा घंटा आपको निकलना है कि चलो भैया आधे घंटे में निकल जाएंगे तो आप लोग दिमाग से निकाल दो करीब करीब आपको गाज़ियाबाद से दिल्ली में आने के लिए फ़रीदा फ़रीदाबाद आने के लिए दो से ढाई घंटे का वेट आपको मतलब कि इंतज़ार करना ही पड़ेगा दो से ढाई ढाई घंटे आपको लगने ही लगने हैं फ़रीदाबाद जाने के लिए अगर आश्रम से आप आते हैं तो आनंद बिहार की साइड से आते ये क्या नाम है सरायकाले खां की तरफ से आते हैं या डीएनडी की साइड से आप आते हैं तो देख सकते हैं आपको बता दूँ इस पर ब्लैक इस पर अभी ब्लैक टॉप होना बाकी बचा है बाकी सारा काम हो गया है फ्लोरिंग का काम हो गया है इस पर और कंक्रीट का इस पर लेब कर दिया गया है गाइस देख सकते हैं क्योंकि आधा ये कम्प्लीट हो गया है और ये मेरे राइट में जो भान आ रहे हैं वो आ रहे हैं डीएनडी की साइड से यानी कि नोएडा की साइड से गाइस और हम आए हैं सरायकाले खां की तरफ से देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें क्योंकि आपको बता दूँ जब हम लाजपत नगर की साइड से अगर आते हैं तो इसमें दो रास्ते दिए गए एक तो डी के लिए सीधा दिया गया है फ्लाई ओवर के लिए देखो वो पल्ला वाला है ठीक है और यहीं से और दूसरा रास्ता कट जाएगा सरायकाले खानी यानी कि लेप्ट के लिए कट जाएगा तो आप लोगों को अगर टोटल वीडियो यार इसका देखना चाहते हैं तो आप लोग आए मैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना मैं इसका फुल वीडियो बनाऊंगा फुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा अभी तो मैं जा रहा हूं साउथ एक्स के लिए क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है वहां पर तो मैं इस वजह से आप लोगों को जितना आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है जितना सुनने के लिए मिल रहा है उसी से आप अपना काम चलाइए बाकी मैं अपडेट जल्दी लाऊँगा और आपको फुल इंफॉर्मेशन देने की मैं कोशिश करूंगा इस कुछ दिनों के बाद में तो देख सकते हैं इस पर फ्लोरिंग हो गया और आपको बता दूं कि इस पर ये लोहे के गाटर डाले जा रहे हैं इस पर जो इस पर प्लर पर जो लोहे के गाटर हैं वो बिछाए जा रहे हैं ताकि इस पर ट्रैफिक डायवर्जन ना किया जाए क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्जन होगा उसको रोकना पड़ेगा बहुत ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ेगा तो इस वजह से इन्होंने लोहे के ये गाटर द्वारा इस पर फ्लोरिंग किया जा रहा है और इस पर साइड कैप साइड बॉल का काम किया जा रहा है यानी कि बॉल साइड बॉल लगाए जा रहे हैं देखिए इस पर फ्लोरिंग का काम हो गया मतलब एक एक हिस्सा कंप्लीट हो गया या लेफ़्ट वाला अभी राइट वाला बाकी बचा है और ऐसे ही आगे भी बचे हैं तो देख सकते हैं आधा काम हो चुका है और आधा बचा है बाकी गैस तो इन पर भी जल्दी बहुत तेज़ी के साथ में वर्क चल रहा है कंपनी पी द्वारा ये बनाया जा रहा है जो डेली की मतलब गवर्नमेंट सरकार है उसमें गवर्नमेंट में ही आता है ये पीडब्ल्यूडी तो मतलब कि सरकार की उसमें आती है प्राइवेट सेक्टर में नहीं आता है पीडब्ल्यूडी ये सरकारी उसमें आता है गाइस तो पीडब्ल्यूडी द्वारा ये आश्रम चौक पर ये फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है क्योंकि इसी को क्यों देखते हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाम रहता था तो वैसे तो केजरीवाल सरकार सही काम करवा रही है ऐसा कुछ नहीं है अच्छा काम करवा रही है कि कहाँ जाम है कहाँ नहीं है सही चल रही है लेकिन थोड़ी सी इसमें धांधलेबाजी ज़्यादा है क्योंकि सफाई में बहुत ज़्यादा है केजरी सरपा केजरीवाल सरकार बेकार है सफाई के मामले में पता नहीं क्या कर रही है हमारी मोदी सरकार बेस्ट एकदम बेस्ट हमारे इंडिया के लिए हमारे भारत के लिए बीजेपी इज बेस्ट देख सकते हैं ये देखिए अभी इस पर ब्लैक टॉप होना है रोड पे भी और इसके फ्लाई के ऊपर भी तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा बन तब इस पर नीचे ब्लैक टॉप किया जाएगा रोड का तो देख सकते हैं आधा रोड टूटा हुआ है गाइस और आपको बता दें ये प्लर कैप का काम चल रहा था इस पर इस प्लर पे प्लर कैप लगाया गया है देख सकते हैं इस पर यह सेटरिंग लगी हुई है अब ये सेटरिंग उतारी जा रही है गाइस तो इसी वजह से ये डिले हो रहा है मतलब कि थोड़ा सा बहुत कम काम चल रहा है इस पर तेज़ी के साथ में नहीं चल रहा है तो मेरी आशा है कि तेज़ी के साथ में इस पर काम किया जाए और ये ट्रैफिक से निजात दिलाई जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आपको बता दो फ़रीदाबाद जाने वालों के लिए ओखला जाने वालों के लिए और आपके ये लाजपत नगर और आपका ये साउथ एक्सी जाने के लिए चिराग डहली जाने के लिए बहुत ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ता है गाइड बहुत ज़्यादा तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए इस पर तेज़ी के साथ में इस पर वर्क नहीं किया जा रहा है गाइस तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि पी डब्लू द्वारा पी डब्ल्यू द्वारा इस पर वर्क किया जाए तेज़ी के साथ में देख सकते हैं आपको बता दूं कि यहीं से डेली मुंबई एक्सप्रेस वे भी इस्टार्ट होता है जो कि ये आपका डी होते हुए चला जाता है कालिंद्री कुंज होते हुए फरीदाबाद होते हुए ये निकल जाता है उसका भी आपको अपडेट देखने के लिए मिलेगा बहुत ही जल्द और डीएनडी से स्टार्ट होता है आपकी बता दूं तो एक तो ये आश्रम चौक पे ये फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है दूसरा डीएनडी पे आपको बता दूं आरआरटीएस कॉरिडोर का काम चल रहा है वो भी डी के बगल से ही निकलती हुई जा रही है ये आपके अशोक नगर होते हुए और तीसरा ये आपका डेली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाया ही जा रहा है गाइड्स जो कि यमुना के किनारे किनारे बनाया जा रहा है तो आपको बता दूं गाइस कि अगर हम यहां से लेफ्ट जाएंगे तो फरीदाबाद के लिए चले जाएंगे और राइट में जाएंगे तो हम इंडिया गेट के लिए चले जाएंगे गाइज तो आज का ब्लॉग यही था तो देखने के लिए तैयार रहिए आप लोग और ऐसे ही ब्लॉग से देखने के लिए के पीसंद को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बैलाइकन बजा दें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भाई